जा रहे हैं इस साइड में क्रेन मशीन लगी हुई है हैवी हैवी और बर्क करती हुई तो हेलो एवरीबॉडी कैसे आप सब आई होप अच्छे ही होंगे मैं के संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों मैं खड़ा हुआ हूं मेरठ रोड पर और ये जा रहा है राजनगर एक्सटेंशन के लिए बिल्कुल सीधा सीधा ये बस जा रही है निकल के और अगर हम राइट में जाते हैं तो मेरठ के लिए चले जाएंगे और लेफ्ट में जाते हैं तो गाज़ियाबाद के लिए चले जाएंगे जो कि न्यू स्थल मेट्रो स्टेशन है और अगर हम वापसी जाते हैं तो हम चले जाएँगे एन के लिए जो कि हापड़चुंगी होते हुए एन एच निकल जाएगा तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ गाज़ियाबाद का स्टेशन कितना बन चुका है कितना बाकी है क्या क्या, क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो आपको वहीं चलकर दिखाएंगे और आपको बता दूं कि यहाँ पर लाइन बिल्कुल आपको बता दूं कि ट्रैक स्लैब भी डल चुके हैं इस और ट्रैक भी डाल दिया गया है और इस पर ओवर हेड इक्वमेंट लगा के इस पर लाइन भी लगा दी गई है इलेक्ट्रिक की लाइन भी इस पर बिछा दी गई है गाई क्या कितना कुछ वर्क हो चुका है आर पे वो आप लोगों को आज मैं दिखाऊँगा इस वीडियो के माध्यम से तो बने रहिए केपी संत के साथ में और आप लोगों को दिखाते हैं और बताते हैं गाय तो देख सकते हैं ये हम चलने लगे हैं गाजियाबाद की साइड में और ये दोनों तरफ ओवर बना है और बीच में ये आर की लाइन जा रही है ये देख सकते हैं ये बीच में ये आर की लाइन है और दोनों साइड में ये फ्लाई है क्योंकि पहले ये फ्लाई नहीं हुआ करता था यहाँ पर इस चौराहे पे बहुत ज्यादा जाम लगा करता था तो इस वजह से इसको मध्य नजर रखते हुए इसके दोनों साइड में फ्लाई बनाया गया है और आपको बता दूं कि ग्राउंड लेवल पर यह जो आर का काम है वो आपको बता दूं देख सकते हैं आप लोग तस्वीरों से कि इस जो बीच का डिवाइडर है वो लगाने का काम चल रहा है इस पर यह डिवाइडर लगाया जा रहा है नीचे और ये डिवाइडर लग जाने के बाद में इस पर मिट्टी भर दी जाएगी और मिट्टी भर जाने के बाद में इस पर प्लांटेशन किया जाएगा तो आज आपको पूरा ही क्लियर करके बताएंगे और आपको बता ये सेफ्टी बोर्ड हटाए जा रहे हैं क्योंकि पर बिल्कुल काम कंप्लीट हो चुका है इस पर इलेक्ट्रिकिटी की लाइन भी मतलब जो तार हैं वो भी लगा दिए गए हैं तो ज्यादा काम तो नहीं बचा है अब थोड़ा बहुत ही बचा है इस लाइन पे क्योंकि अगली साल इन्हें मार्च में इस पर रैपिड रेल चलना स्टार्ट हो जाएगी सत्रह किलोमीटर का पार्ट है ये और पैकेज फर्स्ट है पैकेज फर्स्ट है ये देख सकते हैं ये सेफ्टी बोर्ड लगे हुए हैं अभी और आपको बता दूं कि कहां कहां सेफ्टी बोर्ड हटा दिए गए हैं वो आप लोगों को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा तो आप लोग बने रहो के के साथ में और ऐसे ही ब्लॉग देखो ये आ जाता है डीपीएफ चौराया मारुति का शोरूम है यहां पर देख सकते हैं यहां पर ये वर्क चल रहा है आर पे ये चौराया आ चुका है गाजियाबाद पुराने बस अड्डे पर जाने के लिए लेफ्ट में चले जाएंगे इसको लोहिया नगर चौक बोला जाता है लोहिया नगर पटेल नगर गाजियाबाद देखिए सेफ्टी बोर्ड हटा दिए गए हैं और यहां पर देख सकते हैं यह बीच का डिवाइडर बनाने का काम चल रहा है पर यहां से ये स्टार्ट हो जाता है गाजियाबाद का स्टेशन देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें इसपे गाटर लॉन्चिंग कर दी गई है और इस फ्लोरिंग का काम किया गया है इस पर फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं अपनी आंखों से इस पर सारे पे गाटर लॉन्चिंग कर दी गई है देख सकते हैं आप लोग इधर फ्लोरिंग का काम चल रहा है उधर ये गाटर लॉन्चिंग कर दी गई है तस्वीर आप लोग देख सकते हो अपनी आंखों से ये देखिए सारे पे लॉन्चिंग हो चुकी है और इस पर आप फ्लोरिंग का काम किया जाएगा तो ये गाटर को एक दूसरे से जोड़ने का काम चल रहा है ये देख सकते हैं और अब चलते हैं आगे आगे दिखाते हैं ये देख सकते हैं और आपको बता दो गाइस ये जो भान आ रहे हैं ये इस साइड में तो है एफ को द्वारा बनाया जा रहा है और उस साइड का है केसी द्वारा जो स्टेशन बनाया जा रहा है गार्डन लॉन्चिंग यहाँ पर कर दी गई है सारे में ये देख सकते हैं एक दो तीन एक दो तीन चार यानी कि चौथे फ्लोर पर इस पे आर का स्टेशन बनाया जा रहा है चौथे फ्लोर पे गाइस और आपको बता दो देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें यहाँ पर ये जो तीन सेट का काम है वो खंबे लगाए जा रहे हैं ये क्रैन मथिन लगी हुई है ये देख सकते हैं ये बनाए जा रहे हैं खम्बे खम्बे लगाने का काम चल रहा है इसपे फ्लोरिंग का काम चल रहा है और इसमें आर्म जोड़ के जोड़ने का काम चल रहा है और इधर देख सकते हैं ये है रेड लाइन सहीद स्थल मेट्रो स्टेशन गाजियाबाद न्यू बश ये रेड लाइन को यहाँ से इसको जोड़ दिया जाएगा दोनों को और यहाँ पर ये इंडियन आर्मी की ये तोप लगाई गई है देख सकते हैं ये मशीन ये है रेड लाइन का स्टेशन वो सॉरी हाँ ये रेड लाइन का स्टेशन इस है इसको भी जोड़ा जाएगा कनेक्ट किया जाएगा देख सकते हैं तो पहले मैं आपको इसको दिखा देते हैं आरआरटीएस का स्टेशन देखो इस पर ये जोड़े जा रहे हैं जो इसका टिन सेट बनाया जाएगा ऊपर उसका वर्क चल रहा है और देख सकते हैं ये लेबर कितनी सारी लगी हुई है ये लेबर लगी हुई है यहाँ पे जो वर्क कर रही है यह देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यह बनाया जा रहा है स्टेशन जो कि इसमें आम से अभी जोड़े जाएंगे यह देख सकते हैं तस्वीर है और यह पिलर अभी जोड़े जा रहे हैं क्योंकि ये रेड लाइन से कनेक्ट किया जाएगा तो इस वजह से यह बनाया जा रहा है इसको एग्जिट और एग्जिट के लिए और इन करने के लिए यही वर्क चल रहा है अभी गाज़ियाबाद के स्टेशन पर देख सकते हैं तो इस पर बिल्कुल काम कंप्लीट हो चुका है अभी चल ही रहा है फ्लोरिंग फ्लोरिंग हो चुकी है इसमें जोड़ने का काम चल रहा है और इसके जो ऊपर टीन सेट बनाया जाएगा उसको देखिए वो पिलर लगाए जा रहे हैं वो देख सकते हैं कोई क्रैन मशीन लगी हुई है और वो पिलर जोड़ने का काम चल रहा है इधर भरने का काम चल रहा है ये देख सकते हैं तस्वीर है ये देखो बस यही भरा जा रहा है अभी तो यही काम चल रहा है और फिर जल्दी बनके कंप्लीट हो जाएगा ये ये इस तरीके से काम चल रहा है यहाँ पे ठीक है गई ये देखो ये बनाया जा रहा है अब दिखाते हैं आगे चल के आगे कितना कुछ काम हो चुका है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे तो देखिए ये है रेड लाइन और वो है फ्लाईवर तो इसको एक दूसरे से करवाया जा रहा और ये स्टील के घाटर लगाए गए हैं इधर की साइड में देख सकते हैं दोनों साइड में अभी घूम के आएंगे जब आप लोगों को दिखाएंगे ठीक है तो ये देखिए अब इधर से आप लोग देखो इस गाजियाबाद के स्टेशन को सामने से धूप पड़ रही है तो इस वजह से क्लियर नहीं चमक रहा है तो इसको अभी फ्लोरिंग का काम चल रहा है ऊपर और इसको स्टेयर बनाने का काम चल रहा है ये आर्म्स को जोड़ने का काम चल रहा है अभी इतना ही बार कि चल रहा है इस गाज़ियाबाद के स्टेशन पर तो लगभग अभी इसमें 50 से 60 परसेंट काम हो चुका है पचास 60 परसेंट अभी बाकी बचा हुआ है कि इस पर दो कंपनियां बना रही है स्टेशन को कि द्वारा ये स्टेशन बनाया जा रहा है और आपको बता दूँ कि इस पर जो एफको कंपनी है वो इसकी उस वाली लाइन को जोड़ रही है तो जैसा कि वो जोड़ रहे थे देखो ये यहां से ये जो पिलर है ये लेफ्ट वाले ये देखिए ये एफको कंपनी द्वारा बनाए जा रहे हैं और इधर के ईसी द्वारा बनाए जा रहे हैं इधर ये के द्वारा बनाए जा रहे हैं इस साइड में क्रैन मशीन लगी हुई है, है, है बर्क करती हुई देखो आप लोग तस्वीर है तो बस यही है नजारा और आप चलते